बह सभी जुबां है हम है हजारों में अबकी कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम्हारे सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जी. तो तो जैसे कि आप लोग को पता चल चुका है तो मैं आया था गाड़ी तेज ड्राइव करने के लिए मैं गाड़ी लिया था इसीलिए तो फाइनली मैं घर से बहुत दूर आ चुका हूँ यहाँ लगभग घर से साठ किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ और आप लोग तो देख सकते हैं कि इधर जंगली एरिया है चारों तरफ जंगली जंगल है और जंगल के बीचों बीच हम लोग हैं और पहाड़ी भी है और हम लोग में तो यानी कि कैमरा तो लेके नहीं आए हैं है फोन फोन कैमरा से हम लोग वीडियो या फोटो फोटो शूट कर रहे हैं और इसके बाद आप लोग को आगे लेके जाएंगे और यहां का नजारा आप लोग को थोड़ी अच्छी तरह से दिखाएंगे तो आप आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं अब भाई आप सभी के सामने और आप सभी के साथ और भी मानी कि और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि अब मैं सोच बाइक तो ले चुका हूं और लेने के बाद मैं आप लोग को इसी तरह वीडियो अपडेट देता रहूँगा ताकि अच्छी और भाई का मेहनत भी बेकार ना जाए और आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर देना भाई का और थोड़ा शेयर कर देना यार थोड़ी सी वीडियो बनाने में हचकची हो रही है ठीक है तो उस सब को मायने नहीं रखते हुए आप लोग प्लीज मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग को शेयर करवाते हैं हमारे इस जंगल वाला एरिया में ठीक है आप लोग को इधर शेयर कराएंगे अभी आप लोग ने देख चुका है अभी तक ले जितनी भी वीडियोस मैंने बनाया है और जितने भी डाले हैं चैनल पे सभी वीडियोस में सपोर्ट और प्यार भरा आप लोग का मिलता रहे मुझे और सपोर्ट करें मेरे चैनल को भी ताकि मैं जल्दी से मेरा बचपन से सपना है जो कि मैं मुझे यूट्यूबर बनने का ठीक है ब्लॉगिंग करना मेरा बचपन से सपना है तो मैं सपना को पूरा करना चाहता हूँ और अकेले तो पता ही है नहीं होगा तो आप लोग अगर हेल्प करें तो मेरा सपना पूरा हो सकता है ठीक है तो पूरा हो सकता है मेरा सपना तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करते रहें सहनी हमे सजा है हम है बाजारों के सबकी नजर है हर चीज लाज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रब है अब